कि क्या ये वेबसाइट एक रियल वेबसाइट है या एक फेक वेबसाइट है आज किस वीडियो में आपको मोबाइल बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्या वेबसाइट आपको इन फ्यूचर पेक करेगी या इसने एम आवाम का फुदू लगाया हुआ है तो क्या ये सब जानने के लिए आज इस वीडियो को अपने लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना है और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेलाइकन को अपने प्रेस कर लेना तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच एंड इसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी इस वीडियो के जरिए हेल्प हो जाए चले तो ये शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो को उपर ने फसू एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेस्ट टू अर्न का इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनवाइटिंग फ्रेंड्स का एंड एक दिखाई दे रहा है टेस्ट टाइप्स का ये दोनों अर्निंग के ऑप्शन हैं ठीक है जो मेन अर्निंग के ऑप्शन हैं इस वेबसाइट में वो सिर्फ दो हैं आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पर इवाइटिंग फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मेन ऑप्शन है जिसके जरिए आपको यहाँ पर ज्यादा अर्निंग हो सकती है उस बात गई यहाँ पर आपको एक कॉपी इन्वाइट लिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली अपने इसके ऊपर क्लिक करना है देन गाय यहाँ पर आपके सामने लिंक आ जाएगा आपने उसे कॉपी करना है कॉपी करने के बाद अपने गॉटेट पर क्लिक करना है तो आपका ये लिंक कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव पर ये लिंक लिंक सेंड करना है तो जितने भी दोस्त या रिलेटिव्स आपके इस इस पे पे क्लिक करके वेबसाइट अपना अकाउंट अकाउंट क्रिएट क्रिएट करेंगे तो आपको हर कराने तकरीबन 10 रोल बिल्कुल फ्री में इस की तरफ से मिल जाएंगे। उस पदारा दोबारा होम वाले ऑप्शन पर जैसे होम वे ऑप्शन पे आओगे उसके कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद अपने के करने के थोड़ा सा स्क्रॉल डॉन करना यहाँ पर बिल्कुल नीचे आना नीचे आपको दिखाई दे रहा है टेस्ट एप्स का सिंपली तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर इंटरफेस कुछ, कुछ एप्स और कुछ सर्वेज मिलते हैं कुछ सर्वेज कम्पलीट करने एंड कुछ ऐप्स डाउनलोड करने होते हैं उन्हें प्ले करना होता है तो आपको यहाँ पर अर्निंग होती है आपको यहाँ पर एक सर्वे या एक ऐप डाउनलोड करने के बदले पच्चीस डॉलर से लेकर आपको पचास तक एक ट है।, है।, आप है, है तो कई को विड्रा कराने के लिए आपने से राइट साइड करने के बाद आपको यहां पर बैलेंस कितनी अर्निंग की है आपको कैश आउट ऑप्शन दिखाई दे रहा है करंट बैलेंस के सामने उस आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ऐप का आ जाता है उस पर, यहां पर आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना मेथड सिलेक्ट करना है कि आप किस पेमेंट मेथड के जरिए यहाँ से वेड कराना चाहते हो फॉर एक्साम्पल यहाँ मैं बिटकॉइन सिलेक्ट करता हूँ देन गई यहाँ पर आपने अपना बिटकॉइन का ई एड्रेस एंटर करना है या आप जिसके जरिए भी करा रहे हो उसका फोन नंबर या ई एड्रेस आपने यहाँ पर ट्रिका कर देना है अपने सेट पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है तो आपका ये पेमेंट मेथड यहां पर सेट आउट हो जाएगा उस आपने करना है वो मैं आपको समझा देता हूं आपने नीचे से कश ऑर पे क्लिक करना है कैश ऑर पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी डॉलर वेबसाइट में होंगे वो आपके बिटकॉइन की ईमेल एड्रेस या आपने जो भी पेमेंट मैथड सेलेक्ट किया होगा उसमें चले जाएंगे ठीक है यह इस वेबसाइट का कहना है लेकिन जो मिनिमम विदड्रा इस वेबसाइट का वो है यहां पर टू हंड्रेड डॉलर अगर आपके टू हंड्रेड से कम यहां पर पैसे खड़े होंगे तो वो विदड्रा नहीं होंगे टू हंड्रेड से ज्यादा होंगे टू हंड्रेड डॉलर होंगे तभी आपके यहाँ से अर्निंग विदड्रा होगी तो है, है तो रुपये काम करते हो तो सिर्फ आपका वक्त ही जया मिलता एक रुपये भी देती